ाल अपनी किस्मतों पर नाश करो कि अल्लाह ने तुम्हें हिंदुस्तान में पैदा किया यह वो मुल्क है जहां इमाम हुसैन ने आने की तमन्ना की यह वो पवित्र धरती है जहां ख्वाजा ने अपना कदम रखा और याद रखो जो हिंदुस्तान का गद्दार है वो मजहब इस्लाम का भी गद्दार है करता हूं हिंदुस्तान के हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर कि जिनकी वजह से हम जैसे हुसैनी मुसलमान जिक्र हुसैन करवाते हैं इतनी आजादी जिक्र हुसैन की किसी मुस्लिम ममालिक में भी नहीं है हिंदुस्तान के हिंदुओं की वफादारी सुनो ये बताते नहीं है हमारे मौलवी बताना चाहिए कुरान कहता है हल जजाउल एहसान इल एहसान एहसान का बदला एहसान से चुकाओ आज हिंदुस्तान के हर मुसलमान पर हमारे हिंदुओं का एहसान है एहसान है हिंदू भाइयों का कि हम अमन से शांति से हिंदुस्तान में जी रहे हैं तारीख है हिंदुओं की वफादारी की कि यह हिंदू कौम हमेशा वफादार रही अहले बैद से वफादार रही तुम्हें मालूम है हिंदुओं में जो सबसे बड़ा कास्ट है हमारे ब्राह्मण भाइयों का ब्राह्मण उन ब्राह्मणों में खसूसी कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं जो खुद को हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं पता है हुसैनी ब्राह्मण की हिस्ट्री जाकर पूछना किसी हुसैनी ब्राह्मण से मेरे पास उनकी डॉक्यूमेंट्री क्लिप मौजूद है एक हुनी ब्राह्मण ने मुझे अपनी तारीफ सुनाई और वो वीडियो में यूट्यूब में भी मौजूद है सोशल मीडिया में भी मौजूद है ये दत्त ये छिब्बर ये जो कास्ट है ब्राह्मणों में ये खुद को हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं पता है वजह क्या है कुछ लोग जो आजकल बोलते शब्बीर वारसी हिंदुओं की बड़ी तारीफ करते हैं क्यों तारीफ ना करूं वो हमारे भाई हैं और याद रखना आज एक जुमला दे रहा हूं हिंदुस्तान का हर मुसलमान हमारा भाई है मगर हिंदुस्तान का हिंदू हमारा भाई नहीं है तुम कहोगे मौलाना क्या बोल रहे हैं सुनो हिंदुस्तान का हिंदू हमारा भाई नहीं है हमारी जान है हमारी जान है वो क्या हिंदुस्तान का हर सेकुलर हिंदू हर हिंदू हमारी जान है ये वफादार कौम है ये जो आज बोला जाता है ना कुछ लोग हमारे बीच में हमारे मुसलमान नौजवानों को जरा बरगलाने के लिए ये बात कहते हैं हम तो आजादी के बाद 1947 के बाद बाई चॉइस रुक गए बाई चॉइस नहीं रुके ये कहो कि तुम्हें हिंदुओं ने रुकने दिया इसलिए जब 1947 के बाद हिंदुस्तान डिवाइड हुआ तो पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क बन चुका था डिवाइड होकर अगर उस वक्त हमारा हिंदुस्तान का हिंदू चाहता तो हिंदुस्तान को भी हिंदू मुल्क बना, बना सकता था मगर हिंदुस्तान आज भी सेकुलर मुल्क है ये एहसान है उन हिंदुओं का कुरान कहता है हल जदाउल एहसान इहसान एहसान का बदला एहसान से चुकाओ तो आज अगर हिंदुस्तान में कोई भी मौलवी कोई भी मुस्लिम लीडर अगर हिंदुओं के खिलाफ बोलता है तो कुरान के मुताबिक वो एहसान फरामोश है वो एहसान फरामोश है ये वो हिंदू है कि जिसने ख्वाजा को देखकर कर कलमा पढ़ लिया भैया आज मेरे जैसा कोई मुसलमान कोई मौलवी अगर संभल के मोड़ पर निकल जाए तो मुझे देखकर नब्बे लोग कलमा नहीं पढ़ेंगे। हालांकि आज हमारे पास हर फैसिलिटी मौजूद है हमारे पास मस्जिद भी है मदरसा भी है खानका भी है मौलवी भी है दारुल इफ्ता भी है मुफ्ती भी है ये अल्लाह जाने लाइन कटा है या काट दिया गया है? अरे भाई जो हुसैन का गला काट सकते हैं वो लाइन नहीं काट सकते हैं जो मुनाफिक हुसैन का सर काट सकता है वो अगर लाइन काट दे तो हैरत की बात क्या है आज के हिंदुस्तान आज के हिंदुस्तान में हर फैसिलिटी मौजूद यहां मस्जिद भी मौजूद है मदरसा भी मौजूद है दारुलिफ्ता भी मौजूद है मौलवी भी है मुफ्ती भी है पर मेरे जैसा मुसलमान अगर बीच चौराहे पर खड़ा हो जाए मेरे जैसा मौलवी तो मुझे देखकर नब्बे लोग कलमा नहीं पढ़ेंगे जरा उस जमाने को याद करो जब हिंदुस्तान में न मस्जिद थी ना मदरसा था ना मौलवी थे ना मुफ्ती था ना इफ्ताह था मगर ख्वाजा को देख कर नब्बे नहीं नब्बे लाख लोगों ने कलमा पढ़ा तो वो नब्बे लाख कौन थे वो हिंदू तो थे नब्बे लाख हिंदू ही थे ना जिन्होंने कलमा पढ़ा तो जरा सोचो कि जो नब्बे लाख हिंदू ख्वाजा के दीवाने हो सकते हैं आज क्यों उनमें से कुछ लोग तुम्हारे दुश्मन बन बैठे हैं इसकी वजह खुद तुम हो तुम्हारे मौलवी हैं इसलिए कि तुम्हारा मौलवी जब मिंबर पर स्टेज पर आता है तो सिर्फ अपने बाप का जिक्र करता है बादशाहों का जिक्र करता है अकबर और बाबर का जिक्र करता है हुसैन का जिक्र नहीं करता अगर हुसैन का जिक्र करता तो जो हिंदू कल दीवाने थे वो आज भी दीवाने होते और आज भी हम हिंदुस्तान में सुख शांति से रह रहे हैं इसका मतलब यह है कि आज भी हिंदुस्तान का हिंदू हमसे मोहब्बत करता है हमें चाहता है मगर आज जो कुछ लोग दूसरी कौमों से हमसे नफरत करते हैं उसका सबब हमारी करतूते हैं हमारी खराब हरकतें हैं वो देखते हैं कि ये तो वो मुसलमान हैं, कि जिनके मौलवी एक दूसरे को ही काफिर कहते हैं जो है ना शिया ने कहा सुन्नी काफिर सुन्नी ने कहा वहा बरेलवी काफिर फिर बरेल काफिर, ने कहाबंदी का फिर द्योबंदी ने कहा हनफी काफिर फिर हनफी ने कहा मालिकी काफिर मालिकी ने कहा रजी काफिर हर मुसलमान एक दूसरे को काफिर कह रहा है एक काफिर ही है जो हमें मुसलमान कह रहा है तो आज वो देख रहे हैं ना हमारे गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम भाई ये तो वो मुसलमान हैं जो एक दूसरे से नफरत करते हैं एक दूसरे को काफिर कहते हैं तो जब ये अपनों से इतनी नफरत करते हैं तो अल्लाह जाने हमसे कितनी नफरत करते होंगे आज सही बता रहा हूं कि हिंदुस्तान में चुके हुकूमत हिंदुओं की है इसलिए हम आजादी से जिक्र हुसैन करते हैं नबी और आले नबी का जिक्र करते हैं वरना तारीख पढ़ लो तारीख बनी उमैया की तारीख बनी अब्बास की तारीख मुसलमान बादशाहों की तारीख पढ़ लो अली के चाहने वालों का सर काट दिया गया अली के इश्क के जुर्म में सूली चढ़ा दिया गया यह तो हिंदुस्तान में मौलवी का जोर नहीं चलता है इसलिए जानता है कि ज्यादा जोर चलाएंगे तो यहाँ का हिंदू सही से पिटाई करेगा इसलिए कि वो भी हुसैनी है ये जो बोलता है ना पड़ोसी में पड़ोसी से एक वीडियो वायरल हो रही है वो हिंदुस्तान में वो जंग होगी जंग होगी मैं भी कहता हूं जंग होगी मगर हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जंग नहीं होगी हुसैनियों और यजीदियों के दरमियान जंग होगी अगर जंग होगी तो जालिम और मजलूम के खिलाफ जुल्म और इंसाफ के खिलाफ ना यहां का हिंदू तो हमारा हुसैनी ही है जाकर देखो बांदा अलाहाबाद के से पहले सरजमीन पड़ती है हमारे हिंदू भाइयों ने हुसैन का इमाम बारह बनाया है और उनके मुताबिक वो कहते हैं कि हमने तो इमाम हुसैन की मंदिर बनाई है।, है हर साल वो आग में चलते हैं आग में हमारे हिंदू भाई बांदा के आग में चलते हैं अच्छा आग का काम क्या है आग का काम है जलाना और आग की फितरत है आदत नहीं फितरत है आग की फितरत है जलाना मगर वो सैकड़ों सालों से हमारे हिंदू भाई आग पे चल रहे हैं उन्हें आग नहीं जलाती मैंने कहा मेरे हिंदू भाइयों मेरे ब्राह्मण भाइयों अरे आग की फितरत जलाना है मगर आग आपको क्यों नहीं जलाती आप आग पर चलते हैं आग नहीं जलाती मेरा हिंदू भाई जवाब देने लगा इसलिए कि आग पे चलते चलते हम या हुसैन कहते हैं है? तू खुद को मुसलमान कहता है जा पैर धोके ऐसे हिंदुओं का इनके पैर धोकर पानी पी के जो हुसैन का नाम लेकर आग पे चल जाते हैं ये भी जानते हैं कि हुसैन वालों को आग जला नहीं सकती है? ये भी जानते हैं पास बां मिल गए काबे को सनम खानों से ये मेरा नहीं जाओ इकबाल से कहना है? है, है पास बा मिल गए काबे को सनम खानों से अभी मैं गालिबन आ,